अब भाई बैठे समान चोट है पठान मोवे निकले जल्दी उसे रोश कर ले ट्रेंडिंग में जाएगी नेक्स्ट बार को गाड़ मराएगा क्योंकि पैसा नहीं पैसा नहीं है अभी डॉलर बनेगा तगड़ा तगड़ा ट्रेंडिंग में जाएगी अच्छा तो चलिए अभी रोश करते हैं पठान को पहले क्यों नहीं बताया हमें अरे बैठे अभी, अभी तो मुझे भी पता चला चल जल्दी से रोस्ट कर दे ठीक है तब भी अभी रोस्ट करने जा रहा हूँ मैं हाँ रोस्तर अगर आपको पठान रोस्टर देखना है तो घंटा दबा लो भी फटाफट जल्दी से दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में